सिंगरौली में नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष राम गुप्ता को दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका भव्य स्वागत किया गया गुप्ता के समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला वहीं इस दौरान सिंगरौली विधायक राम वैश के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे राम गुप्ता को दूसरी बार सिंगरौली भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया इसकी खुशी में विधायक राम वैश पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया मोरवा मंदिर से रामसुमरन गुप्ता के समर्थन में जुलूस निकाला गया जो जयंत के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा जिला अध्यक्ष राम गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिंगरौली जिले की कमान सौंपी है उन्होंने कहा वे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर आने वाले दो के विधानसभा एवं दो के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाएंगे आज मध्य प्रदेश में पूरे प्रद देश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है और सभी को काम करने का मौका मिलता है निश्चित ही हमें कई वर्षों के के कार्यकर्ता हम संघ रूप में रहे भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्व में रहे छोटे से बढ़कर के हम लोग झंडा मानते रहे पार्टी का अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान तब से हम लोग काम कर रहे हैं निश्चित ही इन सभी ए, षयों को लेकर के कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद जरूर जगी है कि हम लोग उनसे बात कर सकते हैं उनके साथ काम कर सकते हैं उनके साथ रह सकते हैं और जब सब कोई साथ मिलकर चलेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो पहिया थोड़ा धीरे था और तेज हो जाएगा